गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल के कमलापति रेलवे स्टेशन पर विभाजन विभिषिका स्मृति दिवस पर डिजिटल प्रदर्शनी का अनावरण किया इस दौरान उन्होंने एक तरफ पीएम मोदी की जमकर तारीफ की तो वहीं दूसरी ओर टुकड़े टुकड़े गैंग को जमकर लताड़ा गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने स्वतंत्रता सेनानियों देवी शरण और नारायण देवी अग्रवाल का अभिवंदन किया इस दौरान उन्होंने कहा पीएम के आह्वान पर देश में इतने झंडे लगा दिए गए जितने आजादी के बाद आज तक न फहरे होंगे उन्होंने कहा आजादी के बाद नेतृत्व भी ऐसा पहली बार आया है जिसके एक बार कहने पर देश खड़ा हो जाता है सोशल मीडिया पर भी लोगों ने अपनी डीपी पर तिरंगा लगाया है उन्होंने कहा जब व्यक्ति बड़ा सोचता है तो उसका भाव भी बड़ा होता है तिरंगे का सम्मान जरूरी है तो प्रधानमंत्री ने तिरंगा लगाने का क्या बोला वातावरण बदल गया आजादी के बाद भी इतने तिरंगे नहीं ठहरे हुए जितने आज देश को मैं आपको कोई घर नहीं नहीं कोई मकान ऐसा नहीं कोई दुकान ऐसा नहीं तिरंगा नहीं आजादी के बाद नेतृत्व भी ऐसा पहली बार ही मिला है जिसकी एक आवाज पर देश खड़ा होता उन्होंने तो देश है उन्होंने कहा लॉकडाउन तो पूरे देश की चक्की काम हो उन्होंने कहा कि लोग डिप्रेशन में न आए घरों में तो उनके अपनी बाल चक्र के थाली बजाय तो लोगों ने बर्तन तोड़ दिए एक दिन उन्होंने कहा कि दीपक जगाओ तो लोगों ने हिन्दुस्तान में दिवाली बनाई और आप देख रहे होंगे उन्होंने कहा कि तिरंगा फैलाओा देशभक्ति का ज्वार आगे बढ़ा सोशल मीडिया की बीच बहुत बड़ी है पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो डीपी पर तिरंगा लगाए बिना बच रहा हो हर व्यक्ति कोशिश कर रहा है दुकान वाला दुकान पर मकान वाला मकान पर भाव तो हर व्यक्ति के अंदर है इस बात का है कि तो भाव तो हर व्यक्ति के अंदर उजागृत करने की देर है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा पीएम मोदी ने सूर्य नमस्कार शुरू किया तो उसको कई देशों ने अपनाया उन्होंने कहा देश को आजाद कराने के लिए क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए लेकिन कुछ टुकड़े टुकड़े लोगों ने 14 अगस्त को देश के टुकड़े कर दिए आज भी कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। देश के टुकड़े करने की मानसिकता वाले लोग आज भी हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा आज हर दुकान हर मकान में तिरंगा लग रहा है सभी के अंदर देशभक्ति है उन्होंने कहा विभाजन की विभीषी स्मृति दिवस भी है और यह बहुत ही पीड़ादायी है तो सौ उन्नीस तो देशों ने उसे अंगीकार किया और स्वीकार किया रोज रोज के अंदर जहां राम रमती हो भारत माता रमती हो राष्ट्र भक्ति रमती हो इस देश के बलिदानी गीत गाते गाते फांसी के फलों पर चढ़ गए मेरा रंगे बसंगी चोला इस चोले को पहल से वादी खेले अपनी जान। झांसी की रानी मिट गई अपनी शान पर यह गीत गाती थी और फांसी पर जाती थी वो लाल बाल पाल तिलक गांधी गोखले इसी आजादी के लिए इन्हीं दिनों के देखने के लिए सही दूर कैसे कि आजादी आ जाए लेकिन जब आजादी आने की करीब आई तब तो कुछ विभाजनकारी शक्तियां वह टुकड़े टुकड़े मानसिकता के लोग जिनके अंदर भारत के टुकड़े करने की एक योजना चल रही थी उनने इस तारीख के दिन भारत के पटवारी को अमली जमा पहना प्रारंभ कर दिया और परिणाम जमीनों के साथ साथ देश के साथ साथ जिलों में भी डरारत दी।